आज बात करेंगे एक पर्पल कलर के एक साधारण सी औषधि की देखने में साधारण है आपने सुना होगा देखा भी होगा वाट्स एक बहुत कॉमन समस्या हो गई है जिसमें जिसको दर्द होता है पेन होता है वही उसके पेन को जान सकता है अनुभव कर सकता है इसमें एक्सटर्नल ग्रोथ हो जाती है डील जैसा गांठ जैसा पड़ जाता है और चलने में समस्या होती है बॉडी के किसी भी अंग में हो सकता है यह जो प्लांट आप देख रहे हैं ये जंगलों में खेतों में बहुत कॉमन पाया जाता है लेकिन इसके गुणों की जानकारी के अभाव में हम इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं इसको स्कारलेट पिंपरनल भी कहते हैं और यह है एनागेलिस अरबंसिस के नाम से साइंटिफिकली जाना जाता है प्राइमोलिसी फैमिली का है किसी विशेष प्रोपिगेशन टेक्निक की आवश्यकता हमें जुड़ नहीं है 1000 मीटर अबउसी लेवल तक इसका देखने को मिलता है 50 से 60 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट हो जाती है इसके अंदर बहुत सारे केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं जैसे कि टाइटर हैं सैपोनिन्स हैं और कुकरबिटेशन उसकी डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं बी डी ई रूटीन कैमफिरल एनागेलिजेनिन आर्वेनिन लेसरिक एसिड अब हम बात करेंगे इनके गुणों की इसका जो मदर टिंक्चर मार्केट में आता है वो एक्जिमा और स्किन प्रॉब्लम्स जो हम आपको बता रहे थे वाट्स उसके लिए दिया जाता है बहुत अच्छा ये अपना कार्य करता है इसका जब हम पेस्ट बना लेते हैं लीव्स का पेस्ट बनाते हैं तो गाउट की समस्या में भी विशेष लाभ करता है क्या होता है कि इसका जब आप डिकॉक्शन इस्तेमाल करेंगे तो कोलागोग एक समस्या होती है जिसके अंदर जो गोल ब्लड के अंदर जो बाइल होता है उसको वो एक्सप्रेक्ट आउट करता है इसका एक कार्य करता है डायबिटिक का भी कार्य करता है ड्रॉप से जिसको हम जलोदर कहते हैं उसमें भी इसका विशेष गुणकारी प्रभाव होता है अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो गॉल ब्लड और लीवर की डिसऑर्डर्स की तो ये औषधि महान है ही इसके अलावा बहुत सारी एंटीफंगल और एंटी वायरल एक्टिविटी भी इसमें पाई गई है इसकी जो एंटीफंगल एक्टिविटी है वो ट्राइकोफाइटोम कोलेक्टोट्राइकम और कैंडिडा माइक्रोस्पोरम में भी बहुत अच्छे से अपना कार्य करता है एंटीफंगल एक्टिविटी शो करता है मित्रों आप अपने घरेलू जीवन में एनाल जैसिक की फॉर्म में बहुत सारे घुटनों का दर्द हुआ है तो हम इंडोमिथासन का इस्तेमाल करते हैं या नीमोसलाइड का इस्तेमाल करते हैं तो ये दोनों ही कॉक्स वन कॉक्स टू इनिविटर्स हैं कॉक्स वन कॉक्स टू साइक्लोक् ऑक्सीजनेज वन और साइक्लो ऑक्सीजनेज टू जो कि पोस्टक पी जी के सिंथेसिस को स्टॉप करते हैं अगर पी का सिंथेसिस एक से ज़्यादा स्टॉप हो जाता है तो अल्सर डेवलपमेंट का चांस रहता है लेकिन इस प्लांट का सेवन करने से ये कॉक्स वन काक्स टू को इनिबिट तो करता है लेकिन कंट्रोल्ड मात्रा में करता है जिससे उनके साइड इफेक्ट नहीं आ पाते हैं आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं अब इसका जो गुणकारी प्रभाव है अगर क्योंकि ये खेतों में साधारण रूप से देखा गया है अगर इसका ज़्यादा सेवन करते हैं पाँच ग्राम पर के बॉडी वेट से अगर ज़्यादा सेवन करते हैं तो देखा यह गया है कि कुछ जो सीप होते हैं कैटल्स होते हैं ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से इंटरनल ब्लीडिंग भी उनमें हो जाती है हमने अपने पुराने प्लांट के डिस्कशन में एक ब्लड थिनर की चर्चा की थी ऐसे ही नेचुरल ब्लड थिनर ये प्लांट भी है इसका आप ड्राई पाउडर बना के रख सकते हैं आवश्यकता अनुसार आप इसको डिकोक्शन बना के सेवन कर सकते हैं ये वंडरफुल ब्लड थिनर का भी कार्य करता है अधिकतर जो मार्केट में ब्लड थिनर जाते हैं लोग जानते हैं कि हम दालचीनी ले, ले लेंगे तेजपत्र ले, ले लेंगे या फिर हल्दी ले लेंगे वो जो ब्लड थिनर्स हैं वो भी ब्लड थिनर हैं लेकिन वो उनकी जो प्रकृति होती है बड़ी गर्म होती है उनको आप गर्मियों में यूज़ नहीं कर सकते हैं सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये जो प्लांट हैं दोनों ये और इससे पहले जो हमने डाला था वो किसी भी मौसम में इस्तेमाल किए जा सकते हैं लेकिन इनको हमें ड्राई पाउडर के फॉर्म में बनाकर रख सकते हैं आप उसकी जो ग्रीन टी बनाकर कर अगर लेंगे तो ये एग्ज़ीमा कैटारेक्ट और स्किन पर होने वाले वाट्स इन सब में एक कप चाय या फिर उसको आप ग्रीन टी कहिए चाहे उसका डिकोक्शन कहिए बना के मॉर्निंग में एक बार पी लीजिए सारी समस्याओं को आसानी से निराकरण करता है इस प्रकार से आपका स्वास्थ्य संवर्धन में सहायता करेगा आप अपने पाई जाने वाली वनस्पतियों को जानेंगे पहचानेंगे और उनका उपयोग करेंगे आशा करता हूँ कि आप ये जो जानकारी है अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे साझा करेंगे ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके आप सभी का धन्यवाद प्रणाम